हाँ जी बा क्या हाल चाल है मैंने मैं स्त्रीर सिंह राठौड़ आप देख रहे हैं डीन एक् एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर है हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स ये है मोमबत्ती एंड यहाँ पर है पिस्टल का बत्तीस बोर का कारतूस ओके एंड गाइस सिंपल है ये मोमबत्ती ठीक है थीके? इसमें लगेंगे गाइस एंड ऐसे ऊपर लगाने वाला है कारतूस ठीक है एंड हीट की वजह से ये फटेगा नहीं फटेगा देखने वाले वीडियो के अंदर शुरू कराए प्रैक्टिकल गाइज ये कमरा है जिसके अंदर अपना वीडियो शूट होने वाला है एंड दिखाता हूं आपको कैसे करने वाला को सिस्टम हमारा एंड सो तो गाइस यहां पर देखिए ठीक है यहां पर पूरा सेटअप बनाएंगे ओके okay? एंड स्तर रखेंगे निशाना एंड गाइस इस कमरे में ज्यादा कुछ खतरा नहीं कल मैंने सफाई कर दी थी एंड आगे रखेंगे इस लकड़ी के टुकड़े को आगे ना सिस्टम समझ में फिर मतलब पत्थर से टकराने पर कोई खतरा नहीं हमारे को बिकॉज हमने पहले ही पत्थर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था कि गोली टकराने पर क्या होगा ओके ओ तो तो ओ तो तो तो ओ भाई भाई सो तो तो यार यार सभी कैमरा सेफ है हमारे ओके एंड इतना गरम अंदर लाना कैमरा ओ भाई साहब तो यार यारीडियो बनाना पड़ेगा ना तो यार अभी इस इस के अंदर डाल के देखते हैं तो यार ये रहा इसका कवर गोली एक मिनट हाँ यार ये देख। ओ यार देखो दिख रहा ओह भाई यहाँ पर गोली रही है देखो ये रही गोली ये तो पूरे तो लाइक हो जाता है हम एक-एक रखेंगे रखेंगे गोली ठीक आपने आपनेबजी के अंदर देखा होगा यार वो चलेगी भगवान मेरे को नहीं लगता यार यहाँ पर कुछ फटने वाला इतना जोरदार धमाका होता है इसमें भी मजा आ गया यार क्या साउंड दिया यार फटेगी नहीं फिर फट गई यार तो गाय अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना एंड इस गन के साथ में या पर कारतूस के साथ में जो भी आपके माइंड खुरा पति आइडिया है तो कमेंट कर देना बेशक ठीक है इस गन के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है जो कि हमने पिछले वीडियो में किए है तो यार एंड इस स्क्रीन में वीडियो ऐड कर दूँगा एंड पूरी प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा गन की ठीक है वहाँ से आप ईजीली देख पाओगे ओके जय हिंद